हेलो आइज हम ब्लॉग बनाने जा रहे हैं बनाते हुए जा रहे हैं जी की बेहद शानदार होगा और बेहद मज़ेदार बातें होगी क्योंकि हम मजेदार ही बातें करते हैं दूसरी तो बातें आती नहीं <laughs> हम क्या हम सीखे और की जाती नहीं है। नहीं ये मेरा दोस्त ओमनाथ जी इसको मैं जी के नाम से पुकारता हूँ हम जा रहे हैं अपने हाउस घर की ओर क्योंकि वक्त लगेगा लेकिन हम ज़रूर जाएंगे कि वक्त लगेगा लेकिन हम ज़रूर जाएंगे जाएंगे जो आजकल के बच्चे कहते हैं कि वक्त पर घर नहीं पहुँचाए तो सुन दो ना बैठा बता दो कह रहा है इसका आगे पता नहीं कह रहा है ये आप गर याद करेंगे घर जाके घर जाके याद करेंगे बोला दूसरा डायलॉग दूसरा तुझे देखेंगे सितारे तो रिया मांगेंगे अपने कंधे पट्टा न नजरने देना अरे बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगे की बूढ़े भी जवानी की दुआ, दुआ मांगे इतना शानदा और तीसरा तीसरा आज कर दू बोली बोली तेरी में तेरी का जादू मेरे दिल में छाया है तेरी आँखों का जादू मेरे दिल में छाया है कि तो दो मैं मुझ के आया वाँ वाँ वाँ वाँ। जोक का इसको जोक बहुत आता है परंतु ये शर्मा रहा है इसने पहली बार लोग बनाया है ये मेरे मेरा दोस्त है और हम दोनों साथ ही पढ़ते हैं ये मेरे मौसा जी का लड़का लगता है और तो है नहीं बोल बोल भाई नहीं तो बोल रोके चले जाएंगे वीडियो पूरा देखे भी नहीं, नहीं। और तेरे जैसे क्योंकि तू वीडियो देखता भी नहीं हमारा लेकिन हमारे पास तो फोन ही नहीं है तो रोने की क्या बात कर रहा है अब अब अपने घर पहुंचने वाले हैं हमारा घर अच्छा। ये रहा हमारा घर सामने दिख रहा होगा हम निशान लगा के बताएंगे नहीं, अंगुली सही कह ये है। इस तरफ नहीं है, है, है। वहां पर मैं ब्लॉक बनाता उसके पीछे मेरा कमरा, है। उसके, पीछे मेरा कमरा है। उसके पीछे मेरा दोस्त का कमरा दोस्त का नहीं भाई का भाई का ही कमरा कमरा नहीं घर है घर है अरे हम किराये पर रहते हैं कि हम किराये पर रहते हैं जनाब नहीं रुगने नहीं रुकने का मतलब आप समझते नहीं हो गए आपको धीरे धीरे समझ आ जाए और अपनी भाषा में समझाए और अपनी भाषा में समझाएंगे माई फर्स्ट वीडियो कट होने जा रहा है